कौवे के बताए हुए ये चौदह शुभ संकेत जो वाकई में होते हैं बिल्कुल सही सो so गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौआ के बताए गए चौदह ऐसे संकेत के बारे में जो बिल्कुल सही होते हैं सो so गाइज अगर आप चैनल पर नए हो जरूर कर लेना सब्सक्राइब और आप देख रहे हो और चैनल पर नए हो चैनल और ये वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते जरूर करना इस दुनिया में कौआ एक ऐसा प्राणी है जिसे किसी अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने से पहले हो जाती है दरअसल प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कौवे को लेकर शुभ अशुभ शगुन अपशगुन इत्यादि से जुड़े बातों का उल्लेख किया गया आपको बता दें कि सकुन शास्त्र में कौवे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों के बारे में बताया गया ऐसे में आज हम आपको कौए ऐसी जुड़ी चौदह शुभ संकेत के बारे में बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा और ये आप नोटिस भी कर सकते हैं कि आपके लाइफ में ये चीजें जो है बहुत तक, तक आपने इस चीज तो तो यदि कौवा भूमि खोदता हुआ नजर आए तो भारी धन लाभ होता है जी हाँ गाइज यदि दूसरा जो है यदि कौवा मुँह में रेत अनाज गिल्ली मिट्टी या फल फूल भर कर आपके घर ले आए तो यह अचानक से धन प्राप्ति के संकेत होते हैं तीसरा जो है वैशाख के महीने में यदि कौवा हरे भरे वृक्ष पर अपने घोंसले का निर्माण करे तो यह बारिश होने का संकेत भी देता है चौथा यदि सूर्योदय के समय कौवा आपके घर के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि का सूचक होता है पांचवात्रा के समय यदि कौवा आपके सामने किसी बर्तन में मुंह डुबाकर पानी पीला हुआ नजर आ जाए तो यह धन लाभ के संकेत देता है और आपकी यात्रा भी मंगलमय होती है छठा प्रातः काल में यानी कि सुबह सुबह यदि कौवा आपके पैर को स्पर्श कर जाए तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति के संकेत होते हैं सातवां ठीक दोपहर से पहले यदि कौवा पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे कौए की आवाज सुनाई दे दे तो इसे स्त्री सुख का भी संकेत माना जाता है। सुबह सुबह वा काँग तो दे नाइन्थ वाला रास्ते में यदि दो कौआ तोरण पर बैठे हुए नजर आ जाए तो यह मनोवांचित फल मिलने का संकेत होता है दसवा जो है यात्रा पर जाते समय यदि कौवा आपके दाहिनी तरफ से निकल उस उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो आपके कार्य पूर्ण होने का संकेत दे देता है ग्यारहवा जो है रास्ते में जाते समय यदि कोई को कौवा यदि तोरण पर बैठा नजर आए तो उसे मनोम मनोकामना जो है पूरी होती है, है ना बारहवा यदि स्त्री के सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए शुभ संकेत माना जाता है और तेरहवा जो है यदि कौवा अपनी चोच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ नजर आ जाए तो यह आपके लिए शुभ संकेत दे देता है लास्ट में जो है नंबर, लास्ट बट नोट द लिस्ट रास्ते में यदि कौवा आप अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लिए दिख जाए तो यह आपकी इच्छा पूरी होने का संकेत देता है सुखा आज के इस वीडियो में मेरे आपको होता है कौआ से जुड़ी चौदह संकेत जो कि आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो बताना नीचे कमेंट करके और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस बाय दीज